मध्य प्रदेश में शिक्षा और शिक्षकों का हाल शायद भगवान भरोसे है ऐसा ही कुछ देखने को मिला बालाघाट के प्राइमरी स्कूल में जहां स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर ने जब हेडमास्टर को गणित का एक सवाल हल करने के लिए दिया लेकिन टीचर उसका सही उत्तर निकालने में असमर्थ रही दरअसल कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा शासकीय प्राथमिक शाला मोहगांव में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने बच्चों को गणित का सवाल देते हुए चार का भाग चार से करने के लिए कहा लेकिन बच्चों से वह सवाल नहीं बना जिसके बाद कलेक्टर ने मास्टर को ही सवाल करने के लिए बुला लिया, और और उनसे भी यह सवाल नहीं बना। जिसके बाद कलेक्टर ने वेतन वृद्धि रोकने और मास्टर का प्रभार वापस लेने के निर्देश दे दिए। इसका मतलब तुम्हारा है। अच्छा एक तो लिखा ही नहीं वहा दूसरा चार उतारा अब भी गलत है अब भी गलत है